तो कैसे हैं आप लोग क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे घर कोई शैतानी रू आ गई तो तुम किसको बुलाओगे ज्यादा भूतों से उन्हीं की फटती है इनके कान में भूख भी मार दो अच्छा। और मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में भूतों की इतनी वैरायटी है बी फादर ऑफ गोस्ट वैसी औरतें वैसी चुड़ैल।